तो एक व्यक्ति के पास एक कुत्ता था जिसकी खासियत ये थी कि पानी कर, कर उस व्यक्ति ने देखा की पानी पर चलने की खासियत के बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा उसे बड़ा अजीब सा लगा और आखिरकार दोस्त से पूछ ही लिया की क्या तुम्हें मेरे कुत्ते में कोई खास बात नजर आई तो उसके दोस्त ने बड़ी उदासीनता और नजरअंदाज वाले तरीके से जवाब दिया किस हाँ, पास कई करना नहीं दिखाई देता है उनके सोचने का तरीका देखने का दृष्टिकोण हमेशा निगेटिव रहता है और यह कोई नई बात नहीं है तो दोस्तों या तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान ही ना दिया जाए या फिर ऐसे लोगों से कम से कम आप वैचारिक दूरी बनाकर तो रखें ही ताकि आप कभी डिमोटिवेट न हो और अपना काम करते रहे